तो वहाँ पर डॉक्टर दीपक गंधी विवा साहब ड्यूटी तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला साहब कुछ गैस निकली है यूनियन कार्बाइड का तो उस वक्त यूनियन कार्बाइड में डॉक्टर थे लोया तो डॉक्टर दीपक गंधी ने लोया साहब को फोन किया कि सर आप तो वहाँ पर यूनियन कार्बाइड में डॉक्टर है वहाँ पर कोई गैस निकली है जिसमें से आदमी को तकलीफ हो रही है तो लोया साहब ने कहा कि ये डॉ ये गैस कोई इतनी जहरीली नहीं है ये पानी से धोने से धुल जाता है आधे घंटे के बाद आठ दस लाशें आ गई तब दीपक गंधे डॉक्टर ने फिर से लगाया उन्होंने कहा कि तुम आप तो बोल रहे थे कि ये लाश ये मामूली गैस है और यहाँ पर तो लाशें आने लग गई हैं तब डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यकीन मानो मुझे कुछ भी मालूम नहीं और ये सही भी है क्योंकि यदि करवाइड वाला पूरी भोपाल की जनता वहां पर काम करने वाले सभी को ये बोलता है कि इसका एक पबिक सूखेगा आदमी तो मर सकता है तो सर फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं करता जान प्यारी है सब बात ये खत्म हो गई अब करीब साढ़े बजे मेरे प्रोफेसर हिरेश चंद्रा मेरे घर में आएगा मैं बाहर निकला तो उन्होंने इतनी कहा कि जल्दी से जल्दी मार्चुरी कैजुअल्टी केजुअलिटी हेज प्लेस बियंड अवर इमेजिनेशन हमारी कल्पना से भी अधिक पहुँच गई तो मैं इमीजिएटली तो ताजुल मस्जिद से लेकर हमीदिया के रोड इमरजेंसी तक आदमी आदमी भरे हुए थे कोई मरा था कोई अंतिम सांस ले रहा था कोई उल्टी कर रहा था चीख पुकार सब बची थी मैं ले देकर वहाँ पर पहुँचा डॉक्टर से बात किया तब तक कम से कम न होने से पचास साठ लाशें जो इमरजेंसी में जो बाथरूम थे दो उस पे जैसे बोरा थप्पी लगाते हैं इस तरह रखी हुई थी और कुछ लाशें मार्चल में भी पहुंच गई थी किसी को कुछ भी मालूम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एनी anyway, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था किसी को उल्टी हो रही है तो उल्टी की दवा दे दी है किसी को सांस उखड़ रही है ऑक्सीजन सुखा दी इस तरह क्योंकि उसका विधिवत ट्रीटमेंट तो कुछ था नहीं सिम्टोमेटिक था एनी anyway, अब हमारा जो मुख्य काम था सौ का पूर्व पर पोस्टमार्टम मौत का कारण ढूंढना और उसकी ये जिम्मेदार कौन है कौन? ये पता लगा तो मार्चुरी में जो लाशें आ गई थी उस वक्त तक कम से कम उन्नीस छप्पन चार सौ पाँच लाशें तो आई गई थी हुँ. अब कुल मिलाकर हमारे डिपार्टमेंट में तीन चार आदमी तो इतने लाशों को हैंडल करना है, ये भी एक कष्ट है और पहले प्रोटोकॉल तो था नहीं ऐसा कभी एक्सपीरियंस भी नहीं था तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि डिटेल पोस्टमार्टम न करके एक छोटा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉर्म बनाए जिसमें कि सभी चीजें आ जाए जो मुख्य बिंदु है नंबर एक नंबर दो हमने जो इंटर और जो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर के लड़के थे हमने उनको बोला कि भेजे अब एक काम करो बॉडी को डिवाइड कर लो एक से दस ग्यारह से बीस तक इक्कीस तक और जो भी तुमको तो समझ में आ रहा है वो तो कागज में लिखना चलो दूसरा इसके पहले कई डेड बॉडी तो रिश्तेदार के छोड़ गए पुलिस वाले अब छोड़ के और रिश्तेदार भग गए तो कौन सी लाश है क्या नाम है अच्छा नाम मालूम है तो उसका कोई क्लेमेंट नहीं है, है। तो हमने निर्णय लिया कि अब हमारे यहां नाम से कोई नहीं अब डेड बॉडी नंबर से पहचानी जाएगी तो हमने सभी को फोटो एक स्लेट लिया स्लेट में एक नंबर दो नंबर तीन नंबर स्लेट और लड़कों को बोला कि एक नंबर बॉडी दो नंबर बॉडी का एक से दस तक तुम लिखो तलवार छापे माथे पे है लटकी हुई है नाक पे टॉप्स पे जो भी है और उसके कपड़े निकाल के उसके दाहिने हाथ में पोटली में बांध दो जिससे कि उसका शिनाख्त कर सके उसके बाद पोस्टमार्टम चालू गैस लोग मतलब किसी ना किसी बीमारी की चपेट में है उनकी आने वाली किसी किसी ना चीज को फेस कर रही है उन्नीस सौ बयालीस पैतालीस में हीरो में बम गिरा था इतने वर्षो से अभी भी उसका असर है तो इस तरह के गैसेस रासायनिक गैसेस जो हैं ये कब तक असर करेंगी ये तो एक अध्ययन का विषय है पर okay. आश्चर्य है अभी तक कोई भी वैज्ञानिक संस्थान इसका बीड़ा उठाया नहीं है तात्कालिक रूप से दो तीन साल के लिए क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन कब करेगा विकलांग बच्चे कब पैदा होंगे कौन सी जनरेशन में दिखेगा इन सब का अध्ययन करना चाहिए वर्ष ना सरकार न वैज्ञानिक इसको अभी कोई अध्ययन नहीं कह सकते कितनी और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है कि जिसको भी पूछो बोलता है क्योंकि टैंक में था हादसा हुआ जब पानी उसमें गया जब पानी गया तो वहां पर पानी और गैस में एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें टेंपरेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा तो सबको मालूम है देर वॉज ए कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस थर्मल चेन केमिकल रिएक्शन ऐसी परिस्थिति में कब क्या बना हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में 15 गैस बने हो जो उड़े उसके बाद ये पंद्रह मिक्स हो के फिर पाँच बन गए फिर पाँच डिवाइड होके पच्चीस बन गए तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट गैसेस निकले आउट ऑफ दैट गैसेस कितने पॉइजनस थे कितने नॉन पॉइजनस थे कितने डेडली पॉइजनस थे कितना माइल पॉइजनस थी कितने लीवर पे एक्टिंग करेगा कौन ब्रेन पे एक्टिंग करेगा ये सब एक अध्ययन का विषय था उसके लिए हमने एक सजेशन दिया था कि हम एक लोहे का टैंक बनाते हैं जैसे यूनियन कार्बेड कटिंग जैसा छोटा सा मॉडल उसमें एक किलो या दो किलो एम आई सी रख देते उस पर पानी भर देते और उसके बाद बीच में से जो गैस बनती रहेगी उसको निकाल निकाल के हम संग्रह करें हर पंद्रह मिनट में बीस मिनट में जो भी जिससे कि कालांतर में उसका अध्ययन करें ये गैस एक किलोमीटर तक गया इसके एटामिक वजन से ये गैस इतना मीटर गया होगा यह गैस डायबिटिक पैदा कर सकता है यह गैस कैंसर पैदा कर सकता है जिससे क्या होता है कालांतर में कि एक किलोमीटर के बीच के आदमी को ये ये बीमारी हो सकती है दो किलोमीटर आदमी को ये और ये दो तरह की बीमारी हो सकती है ये अध्ययन में हमें सुविधा मिलता पर इसको क्या नहीं देखिए मैं मुख्यतः मुर्दों का डॉक्टर रहा मैं सहयन कर सकता हूं, किंतु तो ये बीड़ा तो उठा नहीं सकता तो इस तरह जो हमारे साथ लापरवाही हुई है या जिसको कह सकते हैं अज्ञातता हुई है तो अब उसका कोई भरपाई तो है गवर्नमेंट का इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है ना अब देखिए हम यदि गवर्नमेंट को बोलते मान की जो ऑथराइज संस्थाएं है तो शायद गवर्नमेंट कुछ करती गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे कामों में हम वैज्ञानिक लोग ही गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि ये ये कीजिए और नहीं करते तो हम उसको ब्लेम करते पर हम लोगों ने बोला ही नहीं उनको है ना अच्छा दूसरी बात क्या है कि अभी भी जो गैस पीड़ित एरिया में जाएंगे कारण इसलिए कि जब हमने तीसरे दिन जूनियर कार्बेट से पूछा तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है ये एम सी पर किसी भी हालत में ये पेट में गर्भ में जो बच्चा है उस तक नहीं पहुंच पाएगा मान के विल क्लास दी प्लेसेंटर ब्लड बेरियर लेवल उन्होंने बोला तो कई महिलाएं गैस खाई गर्भवती थी जी गई कई महिलाएं मर गई तो हमने उनके बच्चा और महिला दोनों का ब्लड दिया दोनों का ब्लड को जब हम एनालिसिस करते हैं महिला में जो पॉइजन है बच्चे में भी पॉइन है इसका मतलब बोल रहा है, तो ये तो मर गया बच्चा किंतु जो बच्चे पैदा हुए, जो सुभा था तो बच्चे में तो पहुंचा ही है इसका मतलब कि वह बच्चा जहर के साथ पैदा हुआ है तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा कौन से अंक विशेष प्रभाव पड़ेगा